नमस्कार दोस्तों स्वागत है सबका अपनी YouTube चैनल आधुनिक लाइब्रेरी में आज हम बात करेंगे अगर चांद ना होता तो उससे पहले हम जान लेते हैं पृथ्वी से चाँद की दूरी कितनी है तो पृथ्वी से चाँद की दूरी तीन लाख किलोमीटर है और अब जानते हैं यदि चांद ना होता तो एक दिन 6 या 12 घंटे का होता और एक साल तीन दिन के बजाय तेरह से पंद्रह दिन का होता उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लें। लिए।